बहुत समय पहले की बात है एक राजा के महल के बगीचे में एक कौवा अपनी बीवी के साथ रहता था वह बगीचे के सबसे बड़े पेड़ पर रहते थे उसी पेड़ के नीचे एक अजगर का बेड़ था कौए को पता था कि अजगर वहीं रहता है फिर भी वह उस पेड़ पर ही काफी समय से रहते थे दोनों कौए सुबह के समय भोजन की तलाश में निकल जाते थे और शाम को खाना लेकर लौटते थे उसी तरह समय बीत रहा था एक दिन मादा कोय ने दो दोनों बहुत खुश थे अगले दिन दोनों कोये अंडों को घोंसले में छोड़कर सुबह खाना ढूंढने चले गए शाम को वह खाना लेकर लौटे आकर उनने देखा कि अंडे वहां पर नहीं थे इससे दोनों बहुत दुखी हुए इसके कुछ दिनों के बाद मादा कौन ने दोबारा अंडे दिए अगले दिन वह रोज की तरह खाने की तलाश में चले गए उनके जाने के बाद आया और पहले की तरह के अंडे खा लिए जब शाम को कोय खाना लेकर लौटे पेड़ पर लौटने के बाद उन्हें देखा की वहाँ गायब थे यह देखकर दोनों बहुत हुए वाले अजगर का काम है कौआ बहुत होशियार था उसने अजगर से छुटकारा पाने की सोची उसने एक दिन जब रानी तालाब में नहा रही थी तब रानी का एक हार चुरा लिया सैनिकों ने यह सब देख लिया वह के पीछे लग गए ने वह हार ले जाकर अजगर के में डाल दिया। जब सैनिक हार निकालने लगे तो उनको अजगर दिखाई दिया सैनिकों ने अजगर को मार दिया और हार ले लिया इस तरह कोह ने अजगर से छुटकारा पा लिया और दोनों खुशी से रहने लगे मॉरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी बुद्धिमानी से बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी छुटकारा पा सकते हैं